और आप देख सकते हो मेरी लाइव स्ट्रीम को फ़िलहाल अभी मैं मेरा यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ खा रहा हूँ एक लैपटॉप के अंदर तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मतलब मैंने जहाँ पे क्रेजेस वाई जेड और हमारे इंडियन हैकर आया था वहाँ पे मीटअप में गया था तब वहाँ पे जो यूट्यूबर आए थे उनसे बात कर रहा हूँ फिलहाल देख लीजिएगा ये देख लीजिएगा आप इसमें क्या है कि कापी कॉपी राइट आने का भी इश्यू रहता है ना इसलिए नहीं दिखा सकता जा सकता तो वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब जो भी मेरे चैनल पे ऑनलाइन है वो लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना अभी भी तीन बंदे ऑनलाइन है माय चैनल पे एक मिनट आठ सेकंड की लाइव स्ट्रीम हो चुकी है दोस्तों अभी भाई एक भाई ऑनलाइन आया है भाई लाइक कर दे रे भाई चैनल को लाइक कर दो क्या नाम है आपका नाम करिएगा कमेंट लिख फिलहाल देख सकता हूँ क्या मैं कमेंट कर कमेंट के लिए बोल रहा हूँ ना अरे भाई लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ लाइक कर दे मिनट सेकंड की लाइव स्ट्रीम पहुंच चुकी है फिलहाल देख सकते हो आप YouTube चैनल चला रखा हूँ लैपटॉप के अंदर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आवाज आ रही होगी आपको दोस्तों वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को शेयर कर देना तो मैं लाइव स्ट्रीम बंद करने जा रहा हूं दोस्तों तीन मिनट की लाइव स्ट्रीम हो चुकी है ठीक है